तो अब जा रहे हैं फाइनली शूट के लिए और ये पंखा भी यूज होगा। ना बचपन में मम्मी यही पंखा यूज करती थी हमारे पास ना पंखा नहीं होता था ना तो मम्मी ऐसे ही रात भर ऐसी शूट कर रहा हूं मैं। पंखे से करते रहे बातें करते रहे बाल भी होने कैमरा मुझे पे हंसी नहीं मम्मी हंसते हंसते थोड़ा डिफिकल्ट लेकिन करना तो है अब चलो चलते हैं बस स्टैंड हाँ चढ़ जाओ चढ़ चढ़ा उ